नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार मैं सिंगर विशाल सिंह दीवाना एक हरी चालीसा लेके चल रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आइए सुनते हैं हरी चालीसा जिसमें हरी किजन में आए धन धन बहादुर लगरी, जिसमें हरी किजन में आए जिला है इनका काशगंज पटियाली में दर्शन देते आए जो भी इनको दिल से बुलाए उनको दर्शन दे पे अपने गए थे आए एक दुनिया कसम हुई थी शिवजी उनको रहे बताए तुम हो सच हमारे तुम पे है विश्वास तुम ये मेरा काम करोगे दूसरों का रंग हर करोगे पाप को जड़ से मिटाओ जाके धर्म के दिखाए ज्ञान ध्यान की बात बताते धर्म कर्म है क्या सिखलाते कलयुग का मैं अंत करूंगा मन में लिया है कसम उठाए दुनिया